तो एग्रीगेट फार्मूला और सब टोटल फार्मूला दोनों फार्मूला सेम कैटेगरी के हैं हम आपके साथ वही डिस्कस करेंगे मान लीजिए छोटा सा डेटा है और नीचे मैंने यहां पे इसकी टोटल कर दी है हमने यहाँ पे टोटल का फॉर्मुला लगाया और यहां पे प्लस सम करके इसको हमने टोटल कर दिया तो टोटल आ गया अट्ठाईस अब मान लीजिए कि मैं इसको करता हूं फिल्टर मैंने इसको फिल्टर किया और फिल्टर में मैंने यहाँ पे मान लीजिए डेट को सिलेक्ट कर तो यहाँ जो तो टोटल आ रहा है ओवरऑल टोटल आ रहा है देव का टोटल नहीं आ रहा है सिर्फ देव का टोटल दिखे मतलब कि फिल्टर लगने के बाद जो विजुअल है उसी का टोटल दिखे इसके लिए हम लोग सम का नहीं सब टोटल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सब टोटल सब टोटल में हम सिर्फ सम ही नहीं कर सकते हम इसमें एवरेज काउं, काउंट काउंटिंग मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं देखिए तो मुझे तो करना है सम इसमें सम पे जाएंगे और सम पे करेंगे या फिर आप लिख सकते हैं उसके बाद आप अपने को करें और आपको यहाँ दिखेगा टू एट वन फिफ्टी अगर मैं इसको फिल्टर करता हूं और फिल्टर करने के बाद मैंने यहां पे मान लीजिए देव को अगेन सिलेक्ट किया तो यहाँ आपको टू शो हो रहा है कितना हो रहा है जस्ट टू सब टोटल इसमें एग्रीगेट फॉर्मूला क्या यूज होता है एग्रीगेट फॉर्मूला नाइन का क्या लॉजिक है सरे में जो नाइन नाइन डाले आपने ना का लॉजिक ये है जी कि आप सब टोटल फॉर्मूला सिर्फ सम करने के लिए नहीं है ये बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए है तो कैलकुलेशन का नाइन है ओके राइट राइट हाँ तो कौन सा कैलकुलेशन करना है यू कैन सिलेक्ट अब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास कि अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का एरर हुआ तो कोई भी फॉर्मूला आपका एरर ही रिटर्न करेगा चाहे समझ लीजिए मैथ लीजिए एवरेज लीजिए काउंट लीजिए एवरी फॉर्मूला रिटर्न करेगा आपको एरर तो यही पे हमारा जो है एवरेज फार्मूला वर्क का होता है तो एग्रीगेट फॉर्मुले के अंदर में एग्रीगेट फार्मूला लगाते हैं तो सेम सब टोटल की तरह ही चलता है और यहां हमने कर कर लिया कर लिया और यहां पे हमने इग्नोर इग्नोर क्या करना है तो हमें इग्नोर करना हिडन वैल्यू एंड एर और फिर हम इसको सेलेक्ट कर लिए और एन दटिस यहां दिख गया सर सब टोटल एरर दे रहा था यहां रिटर्न कर दिया और सब टोटल की तरह ही ए भी वर्क करेगा और यहां पे आपको देगा जो जो तो ये हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला है ओके ओके क्लियर है इसमें नो सर चलिए आगे बढ़ते